कटनी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम ने रैली निकाली इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सड़कों पर झाड़ू लगाई रैली में स्कूली छात्रों ने भी भाग लिया कटनी नगर निगम से शहर भ्रमण करते हुए सभी लोगों ने नदी घाट पर पहुंचकर श्रमदान किया टनी नगर निगम में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया नगर निगम आयुक्त महापौर और अध्यक्ष ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यह रैली स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत निकाली गयी रैली में नगर निगम के जनप्रतिनिधि अधिकारियों सहित शहर के स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए आज स्वच्छ भारत के तहत आज हमारे शहर में एक रैली का आयोजन किया गया नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के द्वारा बच्चे और सब भी लोग इस रैली में शामिल हुए एक स्वच्छता का संदेश देते हुए हम लोगों ने शहर में रैली निकाली लोगों को जागरूक करने की एक छोटा सा प्रयास मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान और स्वच्छता पखवाड़ा दोनों एक साथ मनाए जा रहे हैं आज उसकी शुरुआत है आज की तारीख में हमको इस कार्यक्रम शुरू करना है ये कार्यक्रम आज से शुरू होकर स्वच्छता पखवाड़ा दो अक्टूबर तक चलेगा और मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा किसी न किसी प्रकार की गतिविधियां लगभग इस इस पूरे पीरियड में रोज ही होंगी आज इस प्रोग्रन की शुरुआत हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में की है और आगे चल के अन्य कार्यक्रम भी स्वच्छता संबंधित भी होंगे मुख्यमंत्री जी जनसेवा अभियान के तहत आज से हमारे शिविर भी प्रारम्भ हो रहे हैं और उन शिविरों में जो भी वंचित हृतग्राही किसी भी योजना की शासन की किसी भी योजना से के जो वंचित हृदग्राही है उनका पंजीयन किया जाएगा और यथास्भव उनको लाभ देने का प्रयास किया जाएगा ये कार्यक्रम भी अक्टूबर तक चलेगा आज इसकी शुरुआत